खाई में घूमेंगे हम लोग क्या होता है देखते हैं टैडी तो गले लगा हुआ जाता है की कुछ नहीं है टैडी अलग अलग खो गए वाली दुनिया में जा रहे हैं ये कौन से चैंबर पता नहीं कौन से चैंबर में घून गए हैं अब घर के नीचे जो चैंबर होता है उधर जाते जाते हम लोग किधर आकर अरे भैया <laughs> यार ऐसी दुनिया में मत पटका करो तुम ऊपर वाली कार्टूनी दुनिया में पसंद आ रही थी मुझे ये वाली दुनिया बहुत चालम हो गई यार इधर तो को गले लगाए नहीं जी पाएंगे हम अरे यार इधर हा टैडी गले लगा हुआ है कोई टेंशन की बात नहीं आगे बढ़ते जानेंगे हम लोग हाँ इधर पे ये लैम्प फ्लोवर लैम्प दिस इज ऑसम यूनिक बात कर दी उन लोगों ने यू, यू, यू, यू अबे हिमालय पहुंच गए हम लोग ये पेड़ क्यों चमक रहा है इधर पे और ये कौन सा अंडा ये कौन सा अभी टायर लटक रहा है ये क्या लटक रहा है तुम लोगों ने गेम क्या सोच के बनाया मुझे नहीं आ रहा समझ पाओ हम लोग फ्लॉवर के पास जाएंगे फ्लावर चमक जाएंगे अलग ही जल में फ्लावर अबे ये किसकी पसरिया इधर पे टूटी फड़ी हुई है दो दो रास्ते है इधर पे दो, दो रास्ते हैं ये काम करते इधर नहीं जाते बंदे वाला यहीं पे जाएंगे लेकिन टैडी को गले लगा के टैडी जब तक हमारे साथ है डरने की कोई बात नहीं है भैया ओहू ये कौन सी दुनिया यार ये गेम हॉरर की जगह कार्टून ही कैसे होते जा रहा समझ ही नहीं आ रहा मैं ये कौन सी पोटरी यार डायमंड ही डायमंड होंगे इसमें तो उठा ले उठा ले उठा ले ये। अरे अरे चालू हो गई ये ओहो, समझ नहीं आ इसमें बैठना है उस पार जाना है ये बहुत इजी लेवल है यार भैया तो आराम से कर लेगा डरने की बात ही नहीं है ओए फ्लावर चमक गए क्या बात है भाई तुम लोग लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो इन फ्लावर के लिए मेरे लिए नहीं ये कुछ अच्छी लेवल आ रही है मुझे पसंद आ रहा है यह गेम Whoa, It looks like कौन, सी दुनिया? कौन सी दुनिया में पहुंच गए हम लोग इतनी सारी इधर इधर पे कह दें। पे पिंकी आंटी भी गएंगी हमारी ओहो भैया इधर पे कहां से जाएं अब हम क्या है हां हां रास्ता मिल गया रास्ता मिल गया डरने की कोई बात नहीं लेकिन टैडी गले लग जा टैडी को गले लगा के जो करना वो कर सकते हम डरने की बात नहीं है ओ स्लाइड हो गया इधर पे स्लाइड झुमझुम झुम स्लाइड गेम सेव हमारा गेम सेव हो गया एक सेकेंड भैया ये तो अरे भैया इधर पे झूले है ये तो झूला है भैया ये कौन झूलता है ऐसे झूले क्या क्या दुनिया है यार ऐसे भी झूले होते हैं वाह दिस इज नाइस मेलोडी अब पता चला क्यों चॉकलेट ये